<laughs> बुरा ही कर सकते हो बेटा बराबरी तो तुम्हारे बाप दादा भी नहीं कर सकते <laughs> जो साथ दे उसको साथ में रखो और साले दगाबाजों को उनकी औकात में रखो जो मेरा अभी नहीं वो मेरा कभी नहीं बुरा ही कर सकते हो बेटा बराबरी तो तुम्हारे बाप दादा भी नहीं कर सकते होते होंगे जमाने में अच्छे लोग भी मैं तो बुरा हूँ साफ कहता हूँ जबर कर मेरी जान किस्सा नहीं कहानी होगी अपनी सुकून में इसलिए भी हूँ क्योंकि सिर्फ धोखा खाया है कभी दिया नहीं है गुलामी नहीं करेंगे मेरी जान फिर चाय को कितना भी खास हो क्या कहा गुस्सा आ गया था गुस्सा आएगा तो मारेगा अरे वो मंत्री का बेटा है मंत्री का बेटा है तो गुस्सा तो मंत्री को भी नहीं छोड़ा